तुम कहो तो दस बीस पचास और बलस वो हम नहीं चाहते हैं मुमताज ने हम भी चाहते हैं तुम्हारी काट नहीं दिल तेरे बिना ये क्या वाह का आइटम है यार हा? किसने बनाया मुजस्मा किसने बनाया मुजस्मा वाह किसने बनाया मुजस्मा हमने बनाया वा, वा। वा, उ, वा। है तो तुमने क्या चीज बनाई है यार ऐसी चीज तो कुदरत ने नहीं बना पाई तुमने बना डाली वाह कैसे बनाया हमने कैसे बनाया कैसे बनाया है हैं मुजस्मा बहुत टाइम खर्च किया इस क्या कारीगरी दिखाई है तुमने क्या मुजस्मा बनाया है तुमने कुदरत का नहीं कुत दान का बदल दिया पूरे को तुमने उल्टा पलट दिया है बहुत मेहनत से बनाया हमने जी। वाह तुम्हारी कारीगरी पर मैं गर्व करता हूँ इसकी खुशी में तुमको मैं बीस में दूंगा <laughs> क्या उठो क्या क्या खुबियाँ हैं इसमें वो बताओ मुझे इसमें हर खूबी है क्या खूबियाँ हैं इसमें हर खूबी है अरे मुझे दिखाओ मैं देखना चाहता हूँ मुझे सुनाओ मैं सुनना चाहता हूँ तुम कौन सी खूबी चाहते हो मैं चाहता हूँ कि एक गाना सुनाए गाना सुनाएगी क्या चाहते हो कौन सा गाना हिंदी में हिंदी में सुनाओ हिंदी में प्यार मैने किया तूर मैंने किया जो मेरा दिल जो जला अभी के और क्या चाहते हो कौन कौन से बताओ हर तरीका मतलब खूबियाँ बढ़िया बढ़िया हमको ए, ए, केरला की भाषा सुनाओ लटी का सुना चढ़े बड़े और क्या चाहते हो इसको नाच नचना आता है आता है तो मुझे इसका नाच दिखाओ कितने प्रकार का नाच लेती है हर प्रकार का नाच दिखाती है दिखा दे वाला नाच। आ, आ क्या, और क्या और क्या चाहते हो बताओ इससे कहो वाला डांस दिखाए दिखाओगे कि तुम खुश हो जाओगे वाला <S. wrestling> नांग <perse sexually> <S and torture> और क्या चाहते हो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ किसने बनाया ये मुचस्मा किसने बनाया हमने बनाया किसने बनाया मुझे ये चाहिए हर हाल में चाहिए मुझे हर हाल में इसका क्या लोग मुझे चाहिए मुजिश्मा इसके एक हजार डोलर मैं तुम्हें दो हजार डोलर देना चाहता हूँ कैसे बनाया ये तुमने मुझे हमने हाथों से बनाया मेले से बनाया कितने बनाया ये मुजस्मा तुम कहो तो दस बीस और बना सकता वो भी बना कर कर सकता यही तो हम नहीं चाहते है मुमताज ने चाहते हैं तुम्हारी हम मुंडी काट दो हाँ तुम्हारी मुंडी काट दो ऐसा मुजमा तुम दोबारा ना बना पाओ ये ना देना चाहता हूं वाह क्या कार्यगरी है चल मेरे साथ इसको तबला सप्ताह <laughs> अब मैं अपने गांव में पूरे गांव में दिखाएंगे क्या मशीन लाया हूँ क्या मशीन लाया हूँ कुछ तो चलती नहीं है अच्छा चलेगी तभी जब बटन दबेगी चल।